कि जो सुबह नाश्ता के लिए जैसे घूगनी मुड़ी भी यहाँ काफी ज्यादा फेमस है ठीक <laughs> है इसलिए आज जल्दी आए हैं जल्दी नहीं बोल सकते है शाम में आए हैं की आपको दिखाते कि शाम में कितना भीड़ रहती है देख सकते तो तो तो हैं आप पीछे कितने क्लाउड है और यहाँ का भीड़ देख सकते हैं चाहते हैं मलेट बना रहे हैं हाँ है। कितने बजे दुकान खोलते हैं ये शाम में ही खुलता है क्या चार बजे से चार बजे से दस बजे तक जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी जा रहे हैं पांडे दुकान और ये फिलहाल दोस्तों ये जो गली जो है इस गली का नाम भी है पांडे गली देवघर में काफ़ी फेमस गली है और इस गली से जो है काफ़ी सारे दुकानें जुड़े हैं खास जो टेलर्स वगैरह हैं लेडीज टेलर्स और कुछ कुछ जेंट्स टेलर्स आप देख सकते हैं इस साइड में वो इस गली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं हम के लगभग साढ़े छः बज रहे हैं सॉरी सात बजने को वाले हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ का जो चाय है दोस्तों क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा चाय बनाती है और उसके जो मीठा है मतलब बालूशाही जो है दोस्तों काफ़ी फ़ेमस रहती है और सुबह सुबह के वहाँ पे घुगनी और मूढ़ी के जो नाश्ता है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है इसलिए हम लोग जा रहे हैं तो चलिए हम लोग वहाँ पे चाय पीते हैं और तब तक के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो भी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू है तो के साथ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अब रात में अभी समय में आपको दिखाता हूं कितना बज रहा है छः बज के तिरपन अभी देख रहे हैं दोस्तों छः बज के मिनट हो रहे हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग जा रहे हैं दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के शुरू होने में ही बताया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो ये जो रात का जो वीडियो है दोस्तों हम लोगों ने सोचा कि जो आप लोगों ने देवघर को जो पहले देवघर में रहते थे वो देवघर को मिस करते हैं या फिर जो भी पांडे दुकान आते थे चाय पीने के लिए तो अभी कैसा है मिस करते हैं मुझे पता है क्योंकि मैं खुद यहाँ पे बहुत बार आया हूँ और फिलहाल में बहुत दिन से नहीं आया हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ एक बार हमें जाना चाहिए था तो इसीलिए मैं निकला हूँ हम दोनों कि अब आपको यहाँ का व्यू दिखाते हुए पांडे दुकान तक ले चलूँ और वहाँ के जाकर के थोड़ी चाय की चुस्की लें तो हम लोग जहाँ का प्लान बना के आए दोस्तों हम लोग वहाँ फाइनली पहुँच चुके हैं पांडे दुकान देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ क्या भेड़ी देख सकते हैं यहाँ काफ़ी समय हमेशा भीड़ रहती है और ये चाय के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा हुआ भी है पांडे दुकान दोस्तों ये काफ़ी छोटा सा दुकान है लेकिन यहाँ पर चाय के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये दुकान और चाय के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो कुछ कुछ मिठाई है उसके लिए भी ये फेमस है इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं ये कैसे बनती है चाय कैसे कैसे गिलास करके दे रहे हैं चाचा कैसे गिलास करके दे रहे हैं देखिए यहाँ पे पाँच रुपये गिलास है और पूरे देवघर का सबसे अच्छा चाय यहाँ पर मिलता है जैसे कि हम लोग बताएँ हम लोग कहाँ से आए हम लोग हमेशा यहाँ पर आते हैं और देख सकते हैं और चाय सिर्फ चाय ही नहीं और चाय के साथ में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये देखते हैं ये तो मेरा फेवरेट है आपको पता ही होगा और इसके साथ साथ ये लड्डू है जी दोस्तों और सुबह के समय जो है यहाँ पे जो घूगनी घूगनी और मुड़ी काफ़ी फेमस रहता है देखिए यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ ये माइक साहब को मैं आपको पूछता हूँ इधर देखिए भैया अरे देखिए ना देख सकते हैं कहाँ से है अभी आप देख सकते हैं यही रहते है अभी हाँ। देखिये भैया यही रहते हैं और शाम के समय इनको भी चाय की तलब तला पांडे दुकान तक तो खींच के लाई है देख सकते हैं और भैया ने यहाँ पे काफी ज्यादा लोग में आते हैं दोस्तों देख सकते हैं काफी ज्यादा लोग में आते हैं यहाँ पे ये यह देखिए चाय फाइनली गिरा देंगे देखिए मुस्कुराहट इसकी चलिए तो यहाँ चाहे काफी ज्यादा फेमस है आप देख सकते हैं और हम लोग जैसे कि आपको बता रहे हैं कि कितना दूर से आए हम लोग तीन किलोमीटर तीन किलोमीटर तीन किलोमीटर दूर से आए हैं और हम लोग लो तो यहाँ पे आते हैं चाय पीने, पीने के लिए जब भी मन करता है तब भी लगे हुआ खास करके इसलिए आज जल्दी आए हैं जल्दी नहीं बोल सकते शाम में आए हैं की आपको दिखाते हो शाम में कितना भीड़ लगती है देख सकते हैं आप पीछे सुबह से ले जाते हैं कितने क्लाउड है और यहाँ का भीड़ देख सकते हैं चायों के लिए चाय पीने वालों के लिए ताता जमघट चाय के भूक्कड़ प्यासे लोग <laughs> किसी को भी नहीं सुनेंगे <laughs> तो देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिर से आ चुके हैं ये पांडे दुकान के पास ही है और चाय हम लोगों ने पी लिया और चलिए हम लोग विस्तार से बारे में दुकान के बारे में जानते हैं भाई साहब जो है ये बताएँगे हम लोगों को तो भैया ये दुकान जो है आ, कितने बजे ओपन होती है सुबह में सुबह तो बजे होता है सुबह पाँच बजे और शाम तक कितने बजे खुली रहती है शाम को तो एक दस बजे बंद हो जाता दस है दस बजे तो जैसे भाई साहब बता रहे हैं हमारे कि सुबह पाँच बजे दुकान खुल जाती है और रात के दस बजे तक बंद होती है दस बजे तक खुली रहती है और यहाँ पे सिर्फ चाय नहीं चाय के अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ फेमस है समोसा हाँ, है बालू है समोसा है रसगुल्ला है हाँ। और यहाँ से काफ़ी ऑर्डर्स भी आपको जाते होंगे है हाँ। ना और जो है यहाँ से बड़े बड़े कुछ भी चीज़ होती है फंक्शन वगैरह किसी घर में तो वहाँ के लिए ऑर्डर्स भी आप भैया के यहाँ से लिया जाता है तो आप अगर देवघर में रहते हैं अगर देवघर में पहले रह चुके हैं तो आपको यहाँ के बारे में आइडिया होगा ही ये पांडे दुकान के बारे में तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं ये सब चाय के लिए है और कभी भी यहाँ पर आप आएँगे तो देखेंगे हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई मिलेगा ही कभी यहाँ पर खाली नहीं रहती है ये दुकान और हम लोग तो लॉकडाउन से हम लोग को ये दुकान के बारे में पता चला तब से हम लोग यहाँ पे आते हैं चाय पीने के लिए और यहाँ की जो सुबह नाश्ता के लिए जैसे घुगनी मुढ़ी भी यहाँ काफी ज्यादा फेमस है मुढ़ी घुगनी दही चिरा दही चीरा चलिए ठीक है